सर्च करें क्रिएटिव फैमिली और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें धन्यवाद तो गाइज हाजिर हूं मैं कुछ और गैजेट लेकर के आज मेरे पास हैं दो दो ड्रीमर तो आज मैं दोनों के बीच डिफरेंस बताने वाला हूं आप लोगों को तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए तो गैज़ मेरे पास ये दो दो ट्रिमर है एक ये बैटरी वाला है और एक ये डायरेक्ट लाइट वाला है तो मैं दोनों के बीच डिफरेंस बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन सा परचेज़ करना चाहिए और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा तो आप वीडियो को एंड तक दिखते रहेगा नहीं तो आपकी कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं पहले ये बैटरी वाले को अनबॉक्स कर लेता हूँ और पहले बॉक्स के ऊपर कुछ डिटेलिंग दी गई है बट मैं ज़्यादा कुछ नहीं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मैं पहले बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और अंदर के जो प्रोडक्ट है मैं उसको दिखाता हूँ आपको तो ये हमारा ट्रिमर वाइट कलर का है ये का वेट ज़्यादा नहीं है ये नॉर्मली वेट है आपका और ये है इसके जो नंबर के लिए होता है जैसे आपको जिस हिसाब से आपको कटिंग करनी है उस हिसाब से और ये है उसका चार्जर और ये ब्रश और इसके ऑइल है ये और कुछ नहीं देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर ये है हमारा जो नंबर दूसरा नंबर वाला था ये तो इनको करते हैं साइड में तो ये है हमारा ट्रेवर से पहले बाहर निकालते हैं उसके बाद गाइज इसके अंदर हमें रिचार्जेबल बैटरी देखने को मिलती है जो अब देखते हैं कितने वोल्ट का है ये ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता गाई ये ये हमें 600 सौ देखने को मिली है और 1.2 वोल्ट का बैटरी है तो दोबारा से इसे इंसर्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसे टेस्टिंग करके देखते ये ढक्कन थोड़ा हार्ड है इसका गैस एक चीज़ इसके अंदर ना बदर की साउंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ये हम इसका पहले जो ये नंबर है ये दो नंबर है इसे इंसर्ट कर लेते हैं इसमें और बात करूं अगर यार मैं इसकी कटिंग के तैयार तो अगर आप हेयर कटिंग करना चाहते हो तो यार इतना ये मतलब सक्सेस नहीं है हेयर कटिंग के लिए बट आप अगर शेविंग वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए ठीक है और ये दी जाती है उसके साथ में ब्रूस जो आप सफ़ाई कर सकते हो जब अगर यूज़ करने के बाद और ये ऑयल है उसका जब यूज़ करने के बाद आप इसलिए डाल दोगे तो इसका जो मोटर है वो मतलब स्मूथ रहेगा और ये है इसका चार्जर जो आप इसे कैरी करके चार्ज कर सकते हो और क्या ही बात करूँ मैं इसकी क्वालिटी तो गई इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है और ये अब हमारे पास है ये दूसरा लाइट वाला ट्रिमर तो हम इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है तो ये हमारा बॉक्स और इसके ऊपर तो सबसे पहले हमें यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है जैसे साइड करते नहीं यूज़र मैनुअल के अंदर कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती है जिसे आप पढ़ सकते हो और अगर आपके कुछ समझ में आए तो आप इसे देख सकते हो और ये हमें ये प्लग है ये इसका ऑयल है जो उसमें सेम ऑइल था वो सेम ऑइल इसके अंदर भी देखने को मिलता है आपको और एक ब्रूज भी आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर तो ये हमारा ब्रूज सेम वैसी ब्रूज है बट आपको जो ट्रिमर होगा बस वो डिफरेंट होगा बाकी सब चीज़ें आपको सेम ही देखने को मिलेगी इसमें और ये हमारा लाइट ट्रिमर इसकी जो कलर की है यार मतलब वो गजब है मतलब ऊपर से थोड़ा सा औरेंज और नीचे सा वाइट और इसकी बटन में यार मतलब दो दो, दो बटन दी गई है एक तो इसका स्पीड का बटन है और एक है इसका पावर ऑन ऑफ का बटन तो ये इसको खास बनाती है थोड़ा सा और ये जो ऊपर दी गई है आपका ये वही इसमें इनबिल्ड है अंदर यह एक दो नंबर जैसे सेट करना चाहते हो जैसे आप जिस हिसाब से आप कटिंग करना चाहते हो उस हिसाब से इसमें दिया गया और तो चलिए इसका प्लग लगा करके फिर चेक करते हैं इसे यार इसकी जो वायर की लेंथ है यार वो काफ़ी है इसकी लेंथ तो जिस हिसाब से आप मतलब कि बोर्ड में लगा करके आराम से सेव से कर सकते हैं कटिंग कर सकते हो आराम से तो पहले चलिए इसको चेक करवाता हूँ मैं इसके तो ये हमारा लाइट आ चुका है इसे ऑन कर लेते हैं तो इसमें दो स्पीड हमें देखने को मिलती है बट इसकी जो यार मतलब साउंड है ना यार उससे मतलब काफ़ी कम साउंड है यानी कि आपको डिस्टरबेंस इससे फील नहीं होगा उसमें बजर की साउंड बहुत ज़्यादा आती है और इसमें यार मतलब छोटा सा लाइट भी जलता है जो वो आपको सामने दिख रहा है वो लाइट रेड कलर की लाइट जलती है और यार मतलब बड़ी स्मूथली कटिंग कर सकते हो आप इससे और नंबर सेट करी सकते हो और अगर दोनों की यार मतलब कंपेयर में बताऊँ तो यार ये जो लाइट वाला आपका है और ये जो बैटरी वाला यार तो बैटरी वाले का यार मतलब जो बजर है और बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है उसमें से बजर का साउंड उसमें से बहुत ज़्यादा निकलता है तो ये यार थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा और यार मतलब वेट की बात करो तो यार मतलब वेट तो लगभग दोनों की बराबर ही है बैटरी वाले का थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसके अंदर बैटरी भी इनबिल्ड है तो थोड़ा सा उन्नीस बीस हो सकता है और लाइट वाले की बात करूँ तो यार लाइट वाला भी आपके लिए मतलब ऐसा है कि अगर आप घर के यूज़ के लिए लेना चाहते हो तो यार ये तो आपके लिए बेस्ट है लाइट वाला और अगर आप ट्रैवलिंग के लिए लेना चाहते हो तो यार ये बैटरी वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको किस तरह की नीड है तो आप दोनों में से कोई सा भी एक परचेज़ कर सकते हो मैं आप लोग कन्फर्म बता दूँगा कि आप कौन सा परचेज़ कर सकते हो आपके नीड के हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा तो इसके अंदर जो यार हमें बैटरी देखने को मिलती है यार वो बैटरी की जो कैपेसिटी यार वो मतलब कैपेसिटी मुझे बहुत कम देखने को मिली क्योंकि यार इसके अंदर सिर्फ 600 सौ की बैटरी बैकअप है और 1.2 वोल्ट का है जो कि हल्का मोटर होता है इसके अंदर में तो आप इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप की उम्मीद ना रखें तो और ये लाइट वाला है गाइज़ आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो आधा से आधा घंटा पौना घंटा कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो इसको गाइज़ मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये लाइट वाले ले लो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा और बस इतना ही अगर आप चैनल पर हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएँ क्योंकि यार ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाता ही रहता हूँ और वीडियो का एक लाइक जरूर कर दे थैंक्स फॉर वॉचिंग बायुड